कुछ चीज़ें कुछ गलतियाँ कुछ सीख जो कि आपको अपने जवानी में ज़रूर ज़रूर करनी चाहिए वो चीज़ें क्या हैं वही बात करने वाले हैं जवानी क्या होती है अरे आप लगा लीजिए यार 16-17 साल से लेके 30 बत्तीस तैंतीस तक 35 30 तक आप लगा लीजिए यही जवानी होती है उसके बाद तो इंसान बूढ़ा हो जाता है मतलब बुरा मत मानेगा लेकिन हो जाता है अभी मैं भी अपनी जवानी में हूँ तो मैं भी सीख रहा हूँ मैं आपको भी सिखाने की कोशिश करता हूँ कौन सी चीज़ें सबसे पहली चीज़ कि ऑलवेज डू एक्सपेरिमेंट्स एंड है एक्सपीरियंस थ्रू दैट हमेशा एक्सपेरमेंट करते रहिए हमें बोला जाता है कि है, हमें है। बड़े लोग बोलते हैं कि हमने बाल ऐसी सफेदनी हमारे पास एक्सपीरियंस है हमने तुम्हारे जैसे बहुत लोग देखें कहाँ से देखे होते हैं क्योंकि उन्होंने गलतियाँ की होती हैं और जो आज कल की जनरेशन है ना हम लोग पता है क्या हम गलतियाँ नहीं करना चाहते क्योंकि हमें इतना ज़्यादा दबाव डाल दिया गया ना कि गलती मत करो तुमसे गलती हो गई तुम तो फेल हो गए तुम्हारी बस की नहीं है इतना डिमोटिवेट कर दिया गया है क्योंकि सोशल मीडिया जितना जितना बड़ा है फ़ायदा तो हुआ है लोग एक दूसरे से सीख भी पा रहे हैं और एक दूसरे को दे के डिमोटिवेट भी हो पा रहे हैं मतलब फ़ायदा नुकसान दोनों है वही बात है ना सिक्के के दो पहलू वाली बात तो अगर तो आप मोटिवेट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप गलती से भी दूसरों के सक्सेस को दे के जेलस फील कर रहे हैं आप अपने दोस्त को आगे बढ़ता हुआ देख के सोच रहे हैं कि यार मेरे बस की कुछ भी नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता तो ये चीज़ गलत है इससे आपको बचना पड़ेगा और आपको हमेशा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कुछ नया करते रहना पड़ेगा डर क्यों रहे हो यार अभी कौन सी तुम्हारी मतलब ऐसी उम्र हो गई कि तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे एक पल को अगर अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना भाई और अगर आप 20's में हो हो समझ रहे से 29 के बीच भाई आप बहुत हो, बहुत हो यार. जो मर्जी वो करो कोई आपको रोकने वाला नहीं है ना आपके बच्चे ना सोचो जब आपके बच्चे हो जाएंगे आपकी शादी हो जाएगी आपको सबका खर्चा दिखाना मतलब यू नो सबका खर्चा मैनेज करना पड़ेगा तो आप कैसे करोगे अभी तो आप खुद पे ही डिपेंडेंट हो यार अभी तो आपके माँ बाप भी आपसे इतना नहीं मांग रहे होंगे कि दो दो दो हमें दो उ, कभी माँ बाप ऐसे नहीं करते यार तो यकीन करो यही उम्र है एक्सपेरिमेंट करने की अभी अगर आपको बिजनेस करना है अभी करो अगर आपको लगता है कि अभी आपको किसी चीज में मान लीजिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो अभी करो आगे चल के कोई कुछ नहीं कर पाता यकीन करो आगे चल के आप डर में इतने ज्यादा डूब जाओगे कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे इसीलिए लोग होते हैं ना जो बोलते हैं मेरे को यार करना तो था बिजनेस खुद का काम करना तो था लेकिन मैं कर नहीं पाया क्यों शादी हो गई फिर बच्चे हो गए शादी बहुत बड़ा बोझ है उससे पहले ही खुद को इतना ज्यादा ग्रो कर लो कि वो बोझ आपको बोझ ना लगे बहुत गहरी बात है समझ में आई होगी तो आपको मजा आएगा दूसरी चीज जो कि आपको कभी भी करने से नहीं डरना चाहिए वह है लोगों में जाओ मिलो दोस्ती तोड़ो ब्रेकअप करवाओ बहुत अच्छी चीज़ है बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन अगर अभी तक नहीं हुआ है मुझे बहुत सैड फील हो रहा है कि आपने अभी तक वो दर्द नहीं सहा है वो दर्द सहना बाकी है उस दर्द को सह लो अगर आज नहीं सहोगे तो कल को सहोगे और याद रखना कि जब बाद में सहोगे जब उम्र बीत जाने के बाद आपको दर्द मिलेगा ना तो बहुत ज़्यादा पछताओगे इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है लोगों से प्यार करो कोई आपका प्यार ठुकरा रहा है और भी अच्छी बात है उसको पार है उसके बाद आपको धक्के मार निकाल रहा है आपको मतलब ब्रेकअप कर ले रहा है आपको चोट पहुंच रही है आप रो रहे हो बहुत अच्छी बात है आप सीखोगे क्योंकि ये चीज होना जरूरी है आप ऐसा नहीं है कि आपका ब्रेकअप हो रहा है तो आप कुछ सीख ही रहे हो मेरा पहला ब्रेकअप हुआ मुझे पता भी नहीं चला कि दर्द क्या होता है दिल टूटना क्या होता है क्योंकि मैं इतना सीरियस नहीं था ठीक है जब दूसरी बार हुआ तो भाई ये क्या हो गया मतलब समझ में ही नहीं आ रहा भाई ये क्या क्या भूचाल आ गया तो बात ब्रेकअप की नहीं है, बात है जिससे आप प्यार करो दिल टूटने की बात है तो आपका दिल चाहे किसी दोस्त से टूट रहा है बहुत अच्छी बात है कोई बंदी आपका दिल तोड़ के जा रही है और भी अच्छी बात है कहीं पर भी आपका दिल टूट रहा मैं बस बोल रहा हूँ दिल तोड़वाना जरूरी है ये बहुत जरूरी है इससे आप अपने आप को यू नो मतलब कह लो आप अपने आप को एक कड़ा इंसान बना सकते हो आप अपने आप को एक रिजिड इंसान बना सकते हो मतलब कुछ सीख सकते हो तीसरी चीज जो कि आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रैवलिंग घूमो फिरो ऐश करो मस्ती करो देखो घूमने फिरने से मेरा मतलब ये नहीं है कि काम की चीज़ों में आप कुछ कर नहीं हो ना काम ना धाम घूमने में लगे हो कि आज यहाँ चलते हैं आज वहाँ चलते हैं आज यहाँ गिड़ियाँ मारते हैं वहाँ इससे मेरा मतलब नहीं भाई काम धंधा करो उसके बाद घूमना भी ज़रूरी है घूमो नई नई जगह पर जाओ नई नई जगह पर जाके आप नई नई चीज़ों को देखते हो नए नए लोगों से मिलते हो अब देखते हो कि और क्या क्या है दुनिया में अगर आप अपने चार दोस्तों में रहोगे तो चार दोस्तों में पड़े रह जाओगे वो खुद भी डूब रहे हैं और आपको भी डुबो कर मानेंगे यकीन करो आप को अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करते रहना चाहिए बहुत कड़ी बात आपको लग रही होगी बहुत ज़्यादा कि मेरे दोस्त हैं यार हैं ज़िंदगी हैं मोहब्बत हैं ये हैं वो हैं कोई कुछ नहीं है भाई कोई कुछ भी नहीं है आज से साल बाद वो कहाँ होंगे तुम कहाँ होंगे तुम्हें पता भी नहीं होगा इसी अपने दोस्तों में अपनी पूरी ज़िंदगी मत बिता दो कहीं भी कोई कि आपकी किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो तो उसके साथ पूरी ज़िंदगी मत बिता लो अब बोलोगे भाई उससे तो मेरे को शादी करनी है बच्चे करने हैं तो तुम भी यहीं हो मैं भी यहीं हूँ तुम बच्चे कर लेना तो मुझे बता देना कितने बच्चे हैं मैं कुछ अच्छा सा नाम लेकर ज़रूर आ जाऊँगा तुम्हारी जैसी गलती मैं कर चुका हूँ भाई कि प्यार करता हूँ बच्चे करूँगा ये करूँगा ज़िंदगी की ऐसी की तैसी हो जाती है मेरे भाई तो कभी भी अपने दोस्तों में अंधाविश्वास मत रखो जिससे आप प्यार करते हो अंधाविश्वास मत रखो घूमो फिरो ऐश करो जिंदगी के मज़े लो लेकिन उससे पहले काम करना ज़रूरी है काम करके आराम करोगे तो मज़ा आएगा लेकिन सिर्फ आराम करोगे और काम नहीं करोगे तो आप खुद ही रिग्रेट फील करोगे यार रात को सोने से पहले कि यार क्या कर दिया नहीं करना था यार नेक्स्ट चीज़ की नॉलेज लेते रहो स्किल्स को बढ़ाते रहो नई नई चीज़ें सीखते रहो आपको जो दिख रहा है ना कि ये कोई नई चीज़ है जिसको मेरे को सीखना चाहिए उसको सीख लो सीख लो और उसको शुरू कर दो प्रॉब्लम पता है क्या हो देखे हम सोचते हैं कि इसको मैं सीखूँगा अच्छी बात है ये मैं सीखूंगा कब सीखूंगा अरे सीख लूँगा कल देखूंगा यार टाइम मिलेगा तो कर लूँगा भाई टाइम मिलेगा तब कर लूँगा आज नहीं कल कर लूँगा ये नहीं होता उसको शुरू कर दो यकीन करो उसको तुम शुरू कर दो तुम्हें तो पता है अगर तुम दस चीज़ें सोच रहे हो और दस में से कुछ भी नहीं कर रहे हो तो मैक्समम पॉसिबिलिटी यही है कि आपने कभी शुरू ही नहीं किया लेकिन जब आप एक बार शुरू कर देते हो आप कभी भी देख लो एक बार जब आप शुरू कर देते हो ना एक तो मज़ा आने लगता है दूसरा आपका ना माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि अब तो अब यार ले लिया है मुसीबत ले लिया है, तो झेल नहीं पड़ेगी अब चलो कर ही रहते हैं अरे अब शुरू कर ही देते हैं होता है ना कहीं जाने का मन कर रहा है जाएँ ना जाए जाएँ ना जाए एक बार जब चल लेते हैं निकल लेते हैं घर से तो पहुंच ही जाते हैं फिर तो जो होता है देख ही लेते हैं ऐसा होता है हमारा दिमाग तो जो भी आपको करने का मन है उसको एक बार शुरू कर दो एक बार बस शुरू तो करो आप उसको जरूर एंड करोगे मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेल होगे या फिर आप सक्सेस हो जाओगे सक्सीड हो जाओगे मैं नहीं कह रहा ऐसा लेकिन एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं भी पा पाओगे तो भी आप बहुत कुछ पा लोगे अगर आपको लगता है कि किसी कंपटीशन में जाके आप फर्स्ट नहीं आ पा रहे हो तो मेरे भाई लास्ट आके भी आपको एक एक्सपीरियंस मिला है आप देख पा रहे हो कि जो बंदा फर्स्ट आया वो क्यों आया है वो अगर सफल हुआ है तो वो क्यों हुआ है ये चीज़ जरूरी है हमेशा जीतते रहना हमेशा पास होते रहना मेरा मतलब मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कभी आप ना कर सकते हो ना आपको कोशिश करनी चाहिए कि मैं हमेशा हंड्रेड किसी चीज़ को कर लूँ परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो मेरे भाई बस अपना बेस्ट दो अगर आप पास हो रहे हो तो अच्छी बात है फ़ेल हो रहे हो तो अच्छी बात है समझ समझ रहे हो ना सफल हो रहे हो तो अच्छी बात है असफल हो रहे हो तो और अच्छी बात है यार कुछ सीखने को मिल रहा है ये चीज़ कभी हमारे जो माँ बाप है नहीं बताएंगे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन नहीं बताएंगे, और मतलब बताना ही भी चाहिए क्योंकि जिस दिन उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया ना कि कोई बात नहीं बेटा तो फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं कोई बात है ही नहीं कोई दिक्कत नहीं मज़े कर हम भाई और आवारे हो जाएंगे हम और मस्ती करने लग जाएंगे इसे ज़रूरी है डंडा पड़ना जब तक डंडा पड़ेगा तभी तक हम चलते रहेंगे अदरवाइज़ तो जैसे अभी हैं ना वैसे भी नहीं रहेंगे और ठप हो जाएंगे भाई तो मेरे भाई नई नए बुक्स पढ़िए नए नए स्किल्स को डेवलप करिए नई नई चीज़ें सीखे नए नए लोगों से मिलिए ऑल इन ऑल एक चीज़ गौर करो कि मैं नए नए पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो दुनिया है ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है ऐसे में अगर आप अपने आप का वर्ज़न अपडेट नहीं करोगे तो मैं यकीन से कह रहा हूँ कि आपको कोई और रिप्लेस कर देगा सॉफ्टवेयर जैसे अपडेट होते हैं ख़ुद को भी वैसे अपडेट करिए नया वर्ज़न लाइए उसमें जो भी बग्ज़ हैं जो भी एरर हैं जो भी उसमें खराबी है उसको देखिए उसको उसको ठीक करिए मेरे भाई लेकिन अपडेट होने जरूरी है अपडेट करना जरूरी है कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना और अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना